तुल्य श्री हनुमान जी के की वंदना करते हुए मैं ज्योतिर्विद आशीष पांडे लखनऊ से आप सभी दर्शकों के समक्ष दिनांक 26 नवंबर का दैनिक राशिफल मेष से लेकर के मीन राशियों के लिए प्रस्तुत करने जा रहा हूँ प्रस्तुत राशिफल चंद्रमा के गोचर पर आधारित है आपके चंद्र राशि पर आधारित है आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस घर में बैठे होते हैं वो आपकी राशि होती है तो अपना राशिफल आप लोग चंद्रमा के गोचर के आधार पर देखिएगा दर्शकों आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों को बताना चाहते हैं कि सत्ताइस अट्ठाईस उनतीस तारीख को दिल्ली आगमन हो रहा है तो जो भी दर्शक दिल्ली क्षेत्र से इसके आसपास के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वो लोग मिल करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं आज का पंचांग क्या कहता है तो विक्रम संबद्ध दो हजार छिहत्तर सख परिधावी नामक संवत्सर चल रहा है और सूर्योदय होगा प्रातः छह बजकर चौंतीस मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को सत्रह बजकर तेरह मिनट पर अर्थात पांच बजकर तेरह मिनट पर सूर्यदेव वृश्चिक राशि में चलायमान है और चंद्रदेव भी अपनी नीच राशि वृश्चिक राशि में चलायमान है सूर्य चंद्रमा का अमावस्या योग अर्थात आज की जो तिथि रहेगी ये अमावस्या तिथि रहेगी अमावस्या तिथि के दिन मांस मदिरा या किसी भी प्रकार के शारीरिक संबंधों को नहीं बनाना चाहिए शास्त्रों में इसकी मनाही होती है जो सूर्य कालीन नक्षत्र नक्षत्र नक्षत्र रहेगा रहेगा रहेगा ये ये रहे अनुराधा इसके साथ साथ दर्शकों आज बताना चाहेंगे कि जो है, आ, जो, ये जो, ये जो है चंद्रकालीन विशाखा रहेगा योग रहेगा प्रथम करण जो रहेगा ये रहेगा जो है चतुष्पात करण इसके उपरांत जो है दूसरा करण रहेगा नाग दर्शकों राहु काल पर आ जाते हैं एक ऐसा काल एक ऐसा समय कि आप लोगों को शुभ कार्यों को नहीं करना है तो राहु काल का समय रहेगा चौदह बजकर इकतीस मिनट से लेकर के पंद्रह बजकर पचास मिनट तक का इस दौरान आप लोगों को नए कार्यों को करने से बचना है किसी भी शुभ कार्यो का प्रारंभ ना करें अगर आपको शुभ कार्यों का प्रारंभ करना है तो प्रातः ग्यारह बजकर बत्तीस मिनट से लेकर के बारह मिनट के बीच आप लोग करिए इस मुहूर्त में यदि आप कोई कार्य करते हैं तो आपका कार्य सिद्ध होगा चूंकि मंगलवार दिन रहेगा और दिशा की बात ना करें तो ये अच्छा नहीं होगा तो मंगलवार को उत्तर दिशा की ओर दिशा होता है उत्तर दिशा की ओर यात्रा करने से अवॉइड करिएगा कर, यदि यात्रा करनी पड़ जाए तो घर में पहले आप लोग गुड़ का जल का सेवन करिए और दक्षिण की ओर चार पग चलने के बाद ही आपको उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करना रहेगा तो ये तो था दर्शकों पंचांग पांच अंगों से बेसिकली मिल करके बना होता है तिथि वार नक्षत्र योग करण मंगलवार दिन रहेगा आपको हमने सारी चीजें लगभग इसमें कवर की है आगे बढ़ते हैं हमारी मेष से लेकर के मीन राशियों का हाल क्या होता है इस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं राशिफल की पहली राशि आती है हमारे लिए मेष राशि तो मेध राशि के जात को आज के दिन आपकी जमा पूंजी में कमी आने के संकेत स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं व्यवसाय से भी आज, आज आप कुछ विशेष लाभ नहीं उठा पाएंगे आवश्यक कार्य आपके अधूरे रहेंगे प्रातःकाल से खर्च का सिलसिला आज आरंभ होकर के और ये क्रिया शाम तक रहेगी अर्थात धन का आवागमन कम होगा और खर्च अधिक होगा धन लाभ खर्च के अनुपात में कम रहने से आर्थिक संतुलन आपका बिगड़ेगा आपके विरोधी आपके खिलाफ गुप्त षडयंत्र रचेंगे जिसका दुष, दुष्परिणाम आने वाले समय में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा अपनी तरफ से आज कोई भी गलती ना करें सामाजिक छवि आज आपकी अवश्य निखरेगी स्त्री संतानें आज आज्ञा का आपके पालन करेगी पर बीच बीच में आज आप उनके ऊपर क्रोध भी बहुत ज्यादा होंगे परिवार के बुजुर्गो की सेहत में आज कुछ जो है गिरावट आती हुई दिखाई पड़ रही है आज किसी वो भी अमर्यादित जो है भाषा में आप लोग जवाब ना दें तो बेहतर रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज कोशिश कीजिएगा कि हनुमान जी को बेसन से बने हुए लड्डुओं का आप लोग भोग लगाइए और हनुमान चालीसा का तीन बार पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा एक हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है वृषभ राशि वृषभ राशि के जात को आज के दिन आप अपने बुद्धि चातुर्य से हर जगह सम्मान पाएंगे मेहनत भी आज अन्य दिनों की तुलना में अधिक करनी पड़ेगी लेकिन आज आपको बीच बीच में उच्च अधिकारियों से प्रशंसा मिलेगी आर्थिक लाभ को लेकर के दिन के आरम्भ से कयास लगाएंगे मध्यान्हन से रुक रुक कर होने की संभावना है पर मन आज अधिक पाने की लालसा में शांत नहीं रहेगा कुछ धन लाभ आज आपको होता हुआ दिखाई पड़ रहा है व्यावसायिक कारणों से छोटी मोटी यात्राएं करने का आज योग दिखाई पड़ रहा है सहकर्मी अपना मतलब आज आपसे आपसे के लिए आप बहुत ही ज्यादा मीठा व्यवहार करेंगे थोड़ा सा आज इन लोगों से जो आपके अधीन काम करते हैं इनसे आपको अलर्ट रहने की सितारे सलाह दे रहे हैं घर परिवार में वातावरण अन्य दिनों की तुलना में शांत नजर आएगा लेकिन महिलाओं के मन में अंदर ही अंदर आज कुछ ज्वार भाटा यानी कि उथल पुथल चलेगी सेहत आपकी ठीक रहेगी बस थोड़ा सा कमर दर्द और ज्वाइंट से रिलेटेड डोड़ों में दर्द से रिलेटेड कोई शिकायत हो सकती है उपाय क्या करना रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज, आज कीजिएगाशी लेकिन दर्शकों फटाफट देखिए आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए मिथुन राशि के जातकोन के विपरीत घटनाएं जो है दुखी करेंगी जो कुछ आज आप सोच रहे उससे इतर आप के साथ चीजें होगी धार्मिक अथवा अन्य कार्यों की वजह से कार्यक्षेत्र से समय आज आपको निकालने में थोड़ा सा विलम्ब होगा परिजनों की इच्छा पूर्ति न होने पर आज उनके कोप का भंजन आपको होना पड़ सकता है दिनचर्या अस्त व्यस्त रहने से दैनिक कार्य भी आज, आज आपके विलम्ब से पूर्ण होंगे मध्याह्न का समय व्यवसाय में थोड़ा लाभ कराएगा परंतु संतोष नहीं होगा एक साथ कई काम आने से असुविधा होगी लेकिन निकट भविष्य के लिए लाभदायक रहेगा कार्यक्षेत्र पर आज सहकर्मियों की गैर हाजिरी में अकेले ही कार्यों को आपको पूर्ण करना होगा उधार संबंधी व्यवहार आज न रखें तो बेहतर रहेगा और आज आपको पेशेंस का जो है अपने उदाहरण देना पड़ेगा अपने अंदर बहुत ज़्यादा आपको धैर्य का परिचय लोगों को देना पड़ेगा किसी के दूसरों के लड़ाई झगड़े बाद विवाद में ना पड़े तो ठीक रहेगा उपाय क्या रहेगा तो आज कोशिश कीजिएगा कि बंदरों को आपको गेहूँ और बेसन के लड्डू को मिक्स करके खिलाना रहेगा शुभ कलर आपके लिए क्या रहेगा तो आज आपके लिए ऑरेंज कलर शुभ रहेगा और शुभ अंक आपके लिए एक रहेगा कैंसर जी हाँ कर्क राशि तो कर्क राशि के जात को आज का दिन घरेलू सुखों में वृद्धि कारक रहेगा परंतु आज धन अधिक खर्च होने से आर्थिक स्थिति कमजोर रहेगी दिन भर शारीरिक रूप से सक्षम रहेंगे कार्यों को भी आज ज्यादा मन लगा करके करेंगे महिलाएं घरेलू अथवा बाजार के कार्यों के कारण ज्यादा व्यस्त रहेंगी व्यवसायी वर्ग आज कार्य पर अधिक सक्रियता दिखाएंगे मध्याहन से पहले तक का समय आर्थिक रूप से शुभ रहेगा खुदरा व्यवसाय में आकस्मिक उछाल आने का पूरा आज आप लोग लाभ उठा सकते हैं आज आपकी संतानें आपके जो है बातों में जो है रहेंगी आप जो भी कार्य कहेंगे वो पूर्ण करेंगे धार्मिक स्थलों पर पर्यटन की योजना बनेगी घरेलू कार्यों पर खर्च बढ़ेगा लेकिन तो आज, आज आपको अखरेगा नहीं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज आप लोग प्रयास करिएगा कि प्रातःकाल जल्दी उठे और कार्यक्षेत्र पर निकलने से पहले गुड़ का सेवन करके निकलिए दूसरा यदि कहीं बंदर आपको दिख जाए तो उनको आज बूंदी के लड्डू आप लोग जरूर खिलाएं शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा यह रहेगा दो लियो जी हां सिंह राशि फटाफट आप लोग लाइक कीजिए इतना बढ़िया आप लोगों को राशिफल दे रहे हैं तो एक लाइक तो बनता ही है सिंह राशि के जात को आज आपका दिन भागम भाग में बीतेगा फिर भी सामान्य से उत्कृष्ट कह लें उत्तम कह लें रहेगा प्रातः काल से ही किसी कार्य को पूर्ण करने में व्यस्त हो जाएंगे घरेलू कार्य भी अधिक रहने के कारण संतुलन बैठाने में थोड़ी सी परेशानी होगी कार्य व्यवसाय में जोखिम आज ना ले धन लाभ के मार्ग खुले रहेंगे आज कोई नया प्रयोग नुकसान करा सकता है व्यापारी वर्ग प्रतिस्पर्धा रहने पर भी व्यवहार के बल पर काम निकाल लेंगे मित्र रिश्तेदार भी आज धनोपार्जन में आपके सहायक बनते हुए दिखाई पड़ेंगे पारिवारिक वातावरण में आज अधिक भागदौड़ रहेगी आज कोई आपके घर में मांगलिक कार्य पूर्ण हो सकता है शरीर आपका स्वस्थ रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज कोशिश ये करिएगा कि किसी जो है आपको कुत्ते को बिस्किट खिलाना है बहुत छोटा सा ये प्रयोग है लेकिन यकीन मानिए कि भैरव बाबा की कृपा आप पर बन जाएगी धीरे धीरे आप करते हैं दूसरा को आपको करना क्या रहेगा कि जब भी घर से बाहर निकलिएगा कार्यक्षेत्र के लिए तो दाहिना पैर आज आप जो है पहले बाहर निकालिएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा रेड और शुभ अंक आपके लिए रहेगा एक जी हाँ कन्या राशि क्या कुछ कहते हैं आज आपके सितारे फटाफट दर्शकों लाइक कीजिए और अब सोच रहे हैं क्योंकि बहुत एलिगेशन हमारे ऊपर लगते हैं कि पंडित जी आप हमारा नहीं ले जो है मतलब डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं हम आपका चैनल नहीं देखेंगे या तमाम लोग कहते हैं पंडित जी हम इतने दिन से कमेंट कर रहे हैं आप हमारा नहीं लेते तो ये क्रिया ही अब ख़त्म कर देंगे लक्की ट्रैक का जिसको दिखाना है ये लोग बिल्कुल जो है प्रॉपर चैनल में आए और जो भी दर्शकों देखिए महाराष्ट्र से रिलेटेड हमने प्रिडिक्शन की थी आप लोग जा के देख लीजिएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में भी पड़ा है और एक वीडियो हमने अलग से बनाई है आप लोग एक बार जाके देखिए तो क्या क्या अच्छर सा चीज़ें सत्य हुई हैं और वो चैनल पे हमारे अपलोड है उस डेट में आप जाइए जो है जब डिस्क्रिप्शन आप देखते हैं तो अपलोडिंग डेट दिखाता है वो आप जा कर के डेट देखिए जो भी चीज़ें कही थी चाहे बीजेपी के बारे में कही थी चाहे एन के बारे में कही थी फिर चाहे शिवसेना के बारे में कही थी बीजेपी को कही थी कि एक सीटें आएँगी तो एक सीटें आई तो ये सब आप जाइए देखिए हमने ये भी कहा था कि सी देवेंद्र फर्नडीज ही बनेंगे तो वो बने तमाम दर्शकों ने कहा कि पंडित जी आपकी भुशवाड़ी गलत हो रही लेकिन ऐसा नहीं था तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है हालांकि कुछ लोगों का जो जन्म होता है ये दूसरों को परेशान करने के लिए होता है तो वो लोग तो परेशान करेंगे ही करेंगे खैर कन्या राशि की ओर बढ़ते हैं कन्या राशि के जातको आज का दिन सुख शांतिदायक रहेगा दिन के पूर्वार्ध से ही मजाक व्यवहार से घर का वातावरण आप लोग खुशनुमा बनाएंगे लेकिन आज अपने बोलने में शब्दों का चयन ठीक से करें तो बेहतर रहेगा अन्यथा आज किसी जो है कोई आपके ऊपर नाराज हो सकता है कार्य व्यवसाय में आज परिश्रम अधिक करना पड़ेगा फिर भी उसके अनुकूल लाभ नहीं मिलने से थोड़ी निराशा होगी आज का समय आपके लिए बेहतर रहेगा आज जो लोग कंपटीशन के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं इनके लिए बहुत अच्छा आज का दिन है ये लोग आज कुछ भी कर सकते हैं कुछ भी का मतलब एग्जाम में जाएंगे एग्जाम इनका क्रैक हो जाएगा इतना बढ़िया इनके लिए आज का समय आज फ्यूचर को लेकर के कुछ आशंकित रहेंगे शाम के समय मन आपके अनैतिक कार्यों में भटेगा भटकेगा सुरसुरा सुंदरी की तरफ जाएगा तो इससे आपको बचना रहेगा व्यसन से बचना रहेगा और आज कोशिश कीजिएगा कि शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करेंगे तो बेहतर रहेगा न्यथा पेट से रिलेटेड कोई रोग उभर सकता है वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज आप लोग जो है हनुमान अष्टक का तीन बार पाठ करिए और आज आपको हनुमान जी का गुड़ और चने का भोग लगा लगाना रहेगा शुभ कलर ही आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा साथ वही लिब्रा जी हाँ तुला राशि तुला राशि के जात को आज के दिन आप कार्यों के प्रति बेपरवाह अधिक रहेंगे कार्य क्षेत्र पर बेमन से कार्य करते हुए भी आज लाभ कमा लेंगे परंतु अव्यवस्था में निरंतर वृद्धि होने से आगे का समय आपके लिए मंदी भरा रहेगा आज आप मध्यान्ह तक आशा से अधिक धन कमाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं घर के सभी सदस्य आज आपको सहयोग करेंगे व्यापार में विस्तार का योग बन रहा है नए कार्य का आरम्भ अभी टालना ही आपके लिए उचित रहेगा पारिवारिक शांति के लिए मौन साधन उत्तम उपाय है छोटी छोटी बातों पर क्रोध करने से बचिएगा लाभ के समय का फायदा उठाइए धार्मिक कृत्यों के द्वारा भी धन लाभ की संभावना आज आपकी रहेगी घर में सुख शांति का वातावरण रहेगा देखिए धार्मिक कृत्य क्या होता है आप पूजा पाठ कराते होंगे आप यजमानी कहीं करते होंगे आप ज्योति से संबंधित काम करते होंगे तो ये होता है धार्मिक क्रियाकलाप उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा हनुमान जी के सामने दीपक जलाइएगा और सुंदर का आज आपको पाठ करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा हरा और शुभ अंक आपके लिए रहेगा दो वृश्चिक राशि जी हाँ सूर्य चंद्रमा का अमावस्या योग आपकी को जो है कुंडली में बन रहा है तो कैसा रहेगा चंद्रमा भी देखिए यहाँ पर नीच के है तो मन आज आपका बहुत ज्यादा विक्षिप्त रहेगा बहुत ज्यादा नेगेटिव थाट्स आज, आज आपके मन में आएंगे डिप्रेशन की स्थिति में आज, आज आप रहेंगे आज के दिन व्यवसाय से आर्थिक लाभ पाने के लिए आपको बड़ी जोड़ तोड़ करनी पड़ेगी आज धन की कमी रहने पर भी आपकी जीवन शैली धनाड्यों जैसी रहेगी मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा सार्वजनिक क्षेत्र पर आडंबर युग दिनचर्या के कारण आपको मान सम्मान मिलेगा आज किसी दो पक्षों के झगड़े को सुलझाने के लिए मध्यस्थता करनी पड़ेगी इससे आज, आज आपको बचने का प्रयास करना पड़ेगा अति आवश्यक होने पर आपको पक्षपात जो है से बचें अन्यथा बैठे बिठाए आप लोगों के दुश्मन बन सकते हैं दोपहर के बाद का समय कार व्यवसाय में थोड़ी सी मंदी लाने के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं आज संतान आपके जो है कहे में नहीं होगी संतानों से आज आपको ज्यादा कष्ट रहने वाला है घर में सुख शांति रहेगी लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आती हुई दिखाई पड़ रही है वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा अन्यथा कोई भयंकर दुर्घटना का योग बन रहा है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन आप लोग हनुमान चालीसा का तीन बार पाठ करिए और भगवान भास्कर अर्थात सूर्य देव को आपको अर्घ देना है आदित्य हृदय स्त्रोत का आपको तीन बार पाठ करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा आठ सर्जिटेरियस धनुराशि तो धनुराशि के जात को आज के दिन आपकी दिनचर्या आप पिछले दिनों की अपेक्षा बेहतर रहेगी दिन के आरंभ में कार्यों के गलत दिशा लेने से गुस्सा मन में आएगा आज कई दिनों से जिस कार्य में लगे हुए हैं उसकी सफलता के नजदीक पहुंचने से मन बहुत ही ज्यादा उत्साहित रहेगा आज पूर्ण सफलता संदिग्ध ही रहेगी लेकिन आप लोग निष्ठा से लगे रहिएगा आने वाले समय में ये सफलता आपको हाथ में मिलेगी नौकरी पेशा लोगों को आज इनको उच्च अधिकारियों से मान सम्मान मिलेगा उच्च अधिकारियों का भरोसा बढ़ेगा और कोई सैलरी में इंक्रीमेंट भी आज इनको मिल सकता है सरकारी क्षेत्र में आप अनैतिक मांगे मनवाने की तिकड़म लगाएंगे परिस्थिति के अनुसार इसमें आज नहीं तो कल आपको सफलता मिल जाएगी आज धन की आमद होते होते कई व्यवधान आएंगे फिर भी खर्च लायक मिल जाएगी परिवार में कोई ना कोई जो है मौसम संबंधी जो है किसी बीमारी का आज हो सकता है दैनिक कार्यों के लिए एक दूसरे पर आज आप लोग आश्रित रहेंगे जिससे थोड़ी अवस्था फैलेगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा सेजिटेरियर धनुराशि वालों की आज आप लोग केसर का सेवन मतलब आज ऑफिस निकलने से पहले केसर का सेवन आपको करके निकलना रहेगा दूसरा हनुमान जी का गायत्री मंत्र आप लोग गूगल से भी सर्च कर लीजिएगा हमारे फेसबुक पेज पर भी देखिए आप लोग जा सकते हैं यदि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो हनुमत गायत्री हनुमत गायत्री मंत्र का आज आप लोग जो है 108 बार पाठ करके घर से निकले आपकी सभी जो है जो समस्याएं मार्ग में आएंगी ये दूर होती जाएंगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा नौ जी हाँ कैपरी वालों मकर राशि के जातकों तो आज के दिन का आधा भाग प्रतिकूल रहेगा लेकिन फिर भी धर्म कर्म में आस्था रहने से मानसिक रूप से आज आप विचलित नहीं होंगे कार्य क्षेत्र पर किसी महत्वपूर्ण अनुबंध के निरस्त होने से धन संबंधी समस्याएं खड़ी होंगी लेकिन अन्य मार्गों से आज धन की आमद होने पर गंभीर स्थिति से बचा होगा आज आप किसी से राजद्वेष की भावना नहीं रख पाएंगे भाई बंधुओं से बनावटी आज, आज आपका जो है प्रीत बनी रहेगी स्त्री एवं संतानों से आज भावनात्मक आपके संबंध रहेंगे कोई नया आज प्रेम संबंध स्थापित हो सकता है अविवाहित लोगों को कोई विवाह का रिश्ता जो है आ सकता है धन लाभ निश्चित समय पर ना होकर आकस्मिक रहेगा महिलाओं के विचारों को भी आज अधिक महत्व आपको देना रहेगा आज कोशिश कीजिएगा कि जहाँ पर आप कार्य करते हैं वहां पर थोड़ा सा कम बोलिएगा अन्यथा उच्च अधिकारियों के साथ तू -तू में हो सकती है, छोटी दूरी की, अल्प सबसे पहले आज आप कोशिश कीजिएगा जरूर करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा यह रहेगा आज व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा यह रहेगा छेद कुंभ राशि तो कुंभ राशि के जात को आज का दिन आपको मिश्रित प्रातः काल में शारीरिक रूप से शिथिलता रहेगी जिससे कार्यों के प्रति गंभीरता नहीं आएगी परिश्रम करने में कुछ असमर्थ रहेंगे परंतु परिस्थितियों को देखते हुए कार्य में जुटना पड़ेगा व्यवसाय में प्रारंभिक उदासीनता के बाद धीरे धीरे गति आने से धन की आवक रहे एक साथ कई क्षेत्रों से लाभ होने से शारीरिक कष्ट आप लोग भूल जाएंगे शाम तक व्यावसायिक स्थिति आपकी अत्यधिक सुदृढ़ रहेगी पारिवारिक माहौल गलतफहमियों के कारण कुछ अशांत रहेगा और इसके मुख्य कारण आपके लिए आपके घर में जो महिलाएं हैं ये बनेंगी यदि आज आप लोभ में पड़ते हैं तो हानि की संभावना अधिक बनी रहेगी तो लोभ में फंसने से आपको बचना है लंबी यात्राओं से आज बचना है आज आपका कोई लगेज भी गायब हो सकता है उपाय क्या है देखिए हर चीज़ के लिए उपाय बनते हैं यदि आपके ऊपर कोई ग्रह हैं कोई बाधा है तो इनसे संबंधित कुछ उपाय होते हैं यदि आप इसको कर लेते हैं तो वो चीज़ें कम होती हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो धर्म स्थान पर आज आपको जाना रहेगा और वहाँ की सफाई करनी रहेगी दूसरा आज किसी हॉस्पिटल के बाहर ज़रूरतमंदों को दवा दवाओं का आज आपको जो है डोनेट करना रहेगा बांटना रहेगा तीसरा आज भगवान भास्कर को आप लोग अर्घ्य दीजिए आदित्य हृदय का तीन बार आज आपको पाठ करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा हरा और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार अंतिम राशि पर चलते हैं लेकिन दर्शकों आप लोगों से पुनः वही अपील है कि इस चैनल को ला जो है सब्सक्राइब करिए बगल में बनी घंटी को दबाइए हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जमकर शेयर करिए अंतिम राशि पर चलते हैं पाइसेस अर्थात मीन राशि तो मीन राशि के जात को आज का दिन आपके लिए आकस्मिक धन लाभ मिलने की संभावना है लेकिन पहले आज आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आज प्रातः काल से ही देखिए लंबी दूरी की यात्राएं आप लोग करेंगे नौकरी पेशाओं को भी आज अतिरिक्त आय बनाने के सुअवसर प्राप्त होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आज ज्यादा प्रलोभन में मत पड़िएगा निथा हानि के साथ साथ किसी से कहा सुनी हो सकती है और आज आप लोग दंड के भी भागी हो सकते हैं सरकार के पक्ष के द्वारा सहकर्मियों का आज आपको पूरा ख्याल रखना होगा और आज आप लोग जो है देखिए कुछ अलग टॉपिक पे कुछ लेखन शैली में आज आप लोग अपना हाथ आजमाएंगे दूसरा कला के क्षेत्र में भी आज आप लोग अपना हाथ आजमाएंगे तो ये सब चीज़ें आज बनी रहेंगी जो लोगों के एग्जाम पेंडिंग है मीन राशि के हैं तो आपके फेवर में एग्जाम आएंगे दूसरा दर्शक को बताना चाहेंगे कि पिता के स्वास्थ्य को लेकर के आज आप लोग जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की स्थिति में रहेंगे आज आपको थकावट बहुत ज़्यादा रहेगी मौसमी जो है बुखार आज आपको हो सकता है तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना रहेगा वन सावधानी पूर्वक चलाइएगा और किसी से कोई वादा मत करिएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा पाँच और उपाय आपको क्या करना रहेगा तो देखिए आज आपको प्रयास ये करना है कि गेहूँ का गुड़ का और बेसन इन सबको एक चीज़ में मिक्स कर लीजिएगा किसी गाय को खिला सकते हैं या किसी बंदरों को आप खिला सकते हैं दूसरा आज आपको हनुमान जी के दर्शन करने रहेंगे और आज आप लोग जो है सुंदरकांड की कम से कम जो है 21 चौपाई तो वहाँ पर बैठ के ज़रूर पढ़े हनुमान जी को यदि आज आप एक गुलाब की माला चढ़ाते हैं अपनी कामना बोलते हुए तो आपकी सभी कामना पूर्ण होंगी तो दीजिए दर्शक को इजाज़त कैसा लगा हमारे प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से बताइए मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए जय बजरंगली